दोस्तों वन एक्स भारत में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एक ऑनलाइन बेटिंग ऐप है दोस्तों इस ऐप के अंदर आपको क्रिकेट के अलावा बहुत सारी स्पोर्ट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आप ऑनलाइन बेटिंग कर सकते हैं दोस्तों इसके अंदर आप सिंपली से दो मिनट के अंदर अकाउंट बनाकर ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं तो दोस्तों इस पर अकाउंट बनाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर आ जाएंगे इसके बाद दोस्तों आप सिंपली से नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल एप्लीकेशन का इसके बाद सिम्पली से आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड्रॉइड और आईओएस का यदि आप आई यूज करते हैं तो आप आईओएस को डाउनलोड करेंगे और यदि आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो आप एंड्रॉइड को डाउनलोड कर लेंगे इसके लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको जो ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें तीन लाइनें सिंपली से आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा रजिस्ट्रेशन का इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं सिंपली से आप दूसरे वाले पे बाइथॉर्न पर क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर फोन नंबर का आप यहां पर अपना सही फोन नंबर डालेंगे इसके बाद दोस्तों आप जिस भी देश में रहते हो उस देश की करेंसी को सिलेक्ट कर लेंगे यदि आप इंडिया में रहते हैं तो इसे आई ही रहने देंगे इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है प्रोमो कोड का दोस्तों प्रोमो कोड के अंदर आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं इसे सिंपली से ऐसे ही भर देना है दोस्तों आपको बता दे की इस प्रोमो कोड का आपको बेनिफिट ये होगा की जब आप इस ऐप के अंदर पैसे एड करोगे तो आपको डबल बोनस यहाँ पर मिल जाएगा यदि आप पांच सौ रूपए पर जमा करते हैं दोस्तों आपको पांच का यहां पर एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा इसके बाद बाद दोस्तों आप यहां पर सिंपली से टिक करेंगे और इसे इस हरे वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे इस राइट के निशान पर इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरव्यूस आपके सामने आ जाएगा सिंपली से आप यहां पर करेंगे सेंड कोड इसके बाद दोस्तों आपके इस फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा सिंपली से आप उस ओटीपी को यहाँ पर भर देंगे इसके बाद इसे दोस्तों आप यहां से एक्टिवेट करेंगे इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा दोस्तों आपको यहां पर मिलेंगे यूजर नेम और पासवर्ड दोस्तों आपको सिंपली से या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है या कहीं पर आप इनको सेव कर सकते हैं दोस्तों आपको तो बता दें बहुत ही इम्पोर्टेंट है इनकी सहायता अच्छा। से आप इस ऐप में दोबारा लॉग कर सकते हैं तो आपका अकाउंट बन चुका है अब आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई कराना होगा इसके लिए सबसे पहले आप थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर जाएंगे जो आपको दिख रहा है इसके बाद दोस्तों के नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सबसे ऊपर माई अकाउंट का सिंपल से इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद आप नीचे स्कोल करेंगे और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा यूजर इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आप पर्सनल प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर जाएंगे सिंपली से ऊपर पेंसिल वाले आईकन पर टैप करेंगे इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा अब आपको यहाँ पर अपनी सही सही डिटेल फिलअप कर देनी है जो ऐप द्वारा प्रस्तावित है ये सभी नॉर्मल जानकारी है ज़्यादा कुछ यहाँ पर आपको नहीं करना है सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है सरनेम आप यहाँ पर अपने नेम का लास्ट नेम डालेंगे इसके बाद आप यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे सेकेंड वाले ऑप्शन पर मिडल नेम आप इसे छोड़ देंगे डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में सिम्पली से यहाँ पर डाल देंगे प्लेस ऑफ बर्थ आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं रीजन के अंदर आप अपनी स्टेट को सिलेक्ट करें जिस राज्य में आप रहते हैं इसके बाद सिटी को डाल सकते हैं सकते हैं जैसे कीट तो कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे इस सीज वाले ऑप्शन को छोड़ सकते हैं डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर आपने जो यहाँ पर सिलेक्ट किया है नेशनल आई कार्ड आप यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डाल दे डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर आप सही सही आधार कार्ड के नंबर होते हैं उसको यहाँ पर फिलअप कर देंगे इसके बाद आप चाहे तो इन ऑप्शन को भी भर सकते हैं या छोड़ सकते हैं इसके बाद दोस्तों आप राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो अब आपका अकाउंट फुली वेरीफाइड हो चुका है अब आप यहाँ पर आसानी ऐसी ऑनलाइन बेटिंग कर सकते हैं अब आपको इस ऐप के अंदर कुछ पैसे एड करने होंगे जिससे आप यहाँ पर ऑनलाइन बैटिंग कर पाएंगे इसमें पैसे जमा करने के लिए आपकाउंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अकाउंट ट्रांजेक्शन तो क्लिक करेंगे इसके बाद इसमें आप पैसे डिपोजिट कर सकते हैं फोन पे गूगल पे यू पेटीएम के अलावा एस्ट्रोपे नेट के अलावा बहुत सारे ऑप्शन को मिल जाते हैं यदि आप यहाँ पर ऑनलाइन बेटिंग करके पैसे कमा लेते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ से पैसे विद्रॉ करने होंगे पैसे विद्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दूसरा देखने को मिल जाता है विद्रो का सीटी से आप इस पर क्लिक करेंगे और विदड्रॉ करने के लिए भी सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो तो इस तरह से आप यहां से विड्रो कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में